गुड इवनिंग एवरीवन माय नेम इज़ प्रिंस राजूज आज डेट है 29 नाइन 22 टाइम हो रहे हैं दस बज के मिनट 28 तारीख यानी कल कल के डेट में मेरे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजिंग कंप्लीट हो चुका है तो स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए अब मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसका नाम है लर्न टू अर्न आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक मैं कम्प्लीट सिखाऊंगा ब्रोकर से लेकर एफ एन ओ ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडेट ट्रेडिंग कम्प्लीट कम्प्लीट जितने आपको एड कोर्सेज होते हैं पचास हजार लाख रुपए के कोर्सेज होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे सीखने को मिलेंगी कंप्लीट फ्री अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो लर्न टू तो अर्न सीरीज का पहला वीडियो जो आ रहा है वो वीडियो है व्हाट इज स्टॉक ब्रोकर ये स्टॉक ब्रोकर होते क्या है तो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं किसी भी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है मतलब कि किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी है आपको उनका हिस्सेदार बनना है तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है ब्रो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टली किसी कंपनी का भी शेयर बाय या सेल्फ नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है ये ब्रोकर का काम होता है आप डायरेक्ट ही किसी कंपनी से बाय सेल नहीं कर सकते अब मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं कुछ फुल सर्विस ब्रोकर हैं। तो कौन सा ब्रोकर बेस्ट है फुल सर्विस ब्रोकर सही है या डिस्काउंट ब्रोकर सही है इनके चार्जेस क्या होता है एनवॉल मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमें किसी भी कंपनी का शेयर बाई एंड सेल करने के लिए आप तीन तरीकों से ले सकते हैं एक होते हैं आपके बैंक के ब्रोकर एच डी ऐसे बैंक के बहुत से ब्रोकर्स होते हैं एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर जो कि आपको टिप प्रोवाइड करते हैं आपको टिप प्रोवाइड करेंगे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर जिसमें कि आपको चार्जेस कम मिलते हैं आपको चार्जेस कम देने होते हैं बट आपको कोई भी सर्विसेज नहीं मिलते हैं तो किसी भी शेयर को बाय सेल करने के लिए किसी भी बाय सेल करने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जिसमें कि आप एन एस सी डी एस में ट्रेड कर सकते हो या खरीद और बेच सकते हो तो एन जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है बी जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है एन सी होते हैं इसमें गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब में आप ट्रेड कर सकते हैं एनी एन जो होता है वो करेंसी होती है यूरो आई एन आर आई एन इसमें इसके बारे में देखते हैं क्या होते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है फुल सर्विस ब्रोकर में और डिस्काउंट ब्रोकर के बेनिफिट और लॉसेस में बताता हूं फुल सर्विस ब्रोकर में आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है आपको अलाट मिल होता है जिसमें आप आपसे कॉल करके आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप ये शेयर बाय करिए शेयर सेल करिए पे स्टॉप लॉस लगाइए आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता है ये आपका ब्रोकर कर सकता कर देता है आपको सिर्फ आप उनको इन्फॉर्म करना होता है कि ये शेयर आप बाय सेल आप ये करिए इस डिस्काउंट ब्रोकर में आपको खुद से करना होता है आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम होते हैं कस्टमर केयर को तो खुद कॉल करके आपसे उनको उनसे हेल्प लेना होता है अगर आपसे आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए आप अगर चाहते हो कि आपका शेयर बाय सेल करें तो उसके लिए वो चार्जेबल होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में बट फुल सर्विस ब्रोकर में ये फ्री होता है फ्री नहीं होता बेसिकली उसके वो चार्जेस अलग से लेते हैं बट इसमें वो के चार्जेस अलग ही होते फुल सर्विस ब्रोकर में रिसर्च बाय सेल्फ कॉल्स देते हैं लाइक का डिस्काउंट ब्रोकर पे आपको सेल्फ ही आपको रिसर्च करनी होती है सेल्फ बाय सेल्फ करना होता है फुल सर्विस ब्रोकर में आपको आई ब्रोकरेज और एएमसी चार्जेस ज्यादा होते हैं ए एम सी चार्जेस मीनस एनुअल जो होते हैं वो आपको ज्यादा देने होते हैं एककाउंट ब्रोकर ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर में ब्रोकरेज थोड़ा कम होता है फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले क्योंकि वो सब आपको ही करना होता है इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस कम होते हैं High trading margin available. Full service broker आपको हाई ट्रेडिंग मार्जिन एवेलेबल करते थे बट सेवी के नए रूल के मुताबिक अब दोनों में सेम ही आ, ट्रेडिंग मार्जिन मिलते हैं पहले आप हंड्रेड एक्स तक ब्रोकरेज सॉरी मार्जिन यूज कर सकते थे बट सेवी के नए रूल के मुताबिक के मुताबिक आपको फोर एक्स तक ही मार्जिनेबली होती है फोर एक्स टेन एक्स सिक्स एक्स मीन्स आपके पास दस हजार रुपये है तो आप चालीस हजार रुपये तक का शेयर बाय सेल कर सकते हो बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो इन इं, इंट्रा डे पोजिशनल करने के लिए नेक्स्ट पे करने के लिए आपको पूरा ब्रोकरेज सॉरी मार्जिन पूरा देना होता है और आप इंट्रा डे करते हो तो फोर एक्स तक आपको मार्जिन अवेलेबल हो जाता है सेविक नए रूल के मुताबिक दोनों में बराबर ही होता है दोनों में ही फोर एक्स मिलता है पहले आप हंड्रेड एक्स फिफ्टी एक्स तक यूज कर सकते बट अब ऐसा नहीं रहा है। आपको फोर एक्स तक ही अवेलेबल होता है अब ये जानते हैं कौन सा ब्रोकर जो डिस्काउंट ब्रोकर है उन सब वो ब्रोकर फुल सर्विस ब्रोकर है एडल ये आपका फुल सर्विस ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल शेर खान एंजल ब्रोकिंग आईसीआईसीआई ये आपका फुल सर्विस ब्रोकर है डिस्काउंट ब्रोकर में जीरोधा अप स्टॉक फाइव पैसा यह आपका डिस्काउंट ब्रोकर है अगर मुझसे पूछा जाए क्या आप इन सब में से किसी ब्रोकर को यूज़ कर लेते हो या करना चाहते हो तो मेरा आंसर है नो मैं अभी तक सबसे अच्छा जो मानता था वो शेर खान है बट अब शेर खान की एक और कंपनी ही आ गई है जिसका नाम है एक्सप्रेशो एक्सप्रेसो भी शेर खान की ही कंपनी है सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इनके तीन प्लेटफॉर्म हैं मोबाइल मोबाइल ऐप वेब ब्राउजर और खुद का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बिंच इनकी सबसे बेनिफिट बात एक्सप्रेसो की ये है कि एक्सप्रेसो आपको अगर आपका लॉस होता है आपने सपोज दैट इंटराडेट ट्रेडिंग की इंटरडेट ट्रेडिंग में आपने या ऑप्शंस ट्रेडिंग की तो इंटर ट्रेडिंग में बीस रुपया आपको बाइंग साइड लगता है बीस रुपया आपको सेलिंग साइड लगता है अगर आप अपना पोजीशन लॉस में कट करते हो मीन्स तो आपका लॉस हो रहा है तो आपको एक लॉट के पीछे बीस रुपए ही पे करने होंगे चालीस रुपया नहीं चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर हुआ चाहे डिस्काउंट ब्रोकर हुआ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग में बीस रुपया आपका बाइंग साइड लगता है बीस रुपया आपका सेलिंग साइड लगता है दोनों आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे किसी ब्रोकर को लेना देने नहीं होता बट एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर आप लॉस में पोजीशन अपनी कट करते हो तो सिर्फ आपको एक लॉट के पीछे बीस रुपये ही पे करने होंगे सिर्फ तो बीस रुपये पे करना होता है लॉस में आपने कट किया है तो आपका सेलिंग साइड का कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा आइए अब सारे ब्रोकरस के charges वगैरह के बारे में जानते हैं और अकाउंट ओपनिंग के बारे में जानते हैं किसी भी डिस ब्रोकर में एकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड होती है पैन कार्ड आधार कार्ड सिक्स मंथ स्टेटमेंट और कैंसिल चेक इसमें आपका नाम है। ठीक है और उसमें आपको अपना नॉमिनी भरना मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो कि अभी सभी ने फ्री कर रखा है सभी जितने भी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में सभी के फ्री है बट आपसे जीरोधा दो सौ तीन सौ चार्ज करता है डिस्काउंट ब्रोकर होने के बावजूद बाकी सभी जो ब्रोकर्स हैं उनकी ए चार्जेस और ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री हैं ब्रोकरेज के बारे में जानते हैं इनके ब्रोकरेज क्या होती हैं डिलीवरी या सीएनसी सीएनसी मींस सी कैश एंड कैरी कैश कैरी मीन्स आज आपने कोई शेयर बाय किया आज को छोड़ के कल परसों एक हफ्ते बाद एक महीने बाद एक साल बाद दस साल बाद कभी भी आप बेचोगे तो अब ये के 2022 में सभी के डिलीवरी कैश कैरी सी चार्जेस फ्री हो चुके हैं बट आप डे दे आप सेल कर देते हो तो आपको जीरो पॉइंट फाइव या बीस रुपये दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्जेस किया जाएगा इंटरा डे में जीरो पॉइंट फाइव या बीस रुपए दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको पे करना होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बीस रुपये पर लॉट आपको देना ही होता है अब जो जितने हमारे एक्सचेंजेस हैं एन एस सी टी इनकी टाइमिंग क्या है एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बी एस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनकी टाइमिंग सुबह नौ बजे से दोपहर के तीन बज तीस मिनट तक होता है बट इसमें आप बाइंग और सेल ये दोनों बाय और सेल करने के लिए सवा नौ से सवा तीन तक आप सवा नौ पर आप बाई कर के सवा तीन तक स्क्वायर ऑफ करना होता है अगर आप इन करते हो तो नौ से नौ पंद्रह तक आपका प्री ओपन सेशन होता है जिसमें कि आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट का रुख क्या है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये कैसा है रुक कौन सा स्टॉक ऊपर तो जा रहा है नीचे जा रहा है आप इसमें देख सकते हो कमोडिटीज़ नौ बजे से लेकर रात के ग्यारह बज के पचपन मिनट तक ओपन होता है करेंसी मार्केट नौ बज के नौ बजे से लेकर पाँच बज तक ओपन होता है ठीक है अगर आप ट्रेडिंग सिगमेंट टी प्लस टू डे ट्रेड सिगमेंट अगर आपने बाय सेल कर लिया और आपने अपना फंड व्रॉल पर लगा दिया है तो ट्रेडिंग जो डे होता है टी प्लस टू डेज दो दिन के अंदर आपका विड्रॉल आ जाएगा दो दिन लगते हैं विड्रॉल आने मार्ट फेवी के नए रूल के मुताबिक आपको एक दिन के ही अंदर आपको अपना फंड मिल जाएगा एक दिन में ही पूरा सेटलमेंट करना पड़ेगा इसके मार्जिन के बारे में मैंने बता ही दिया कि चार फोर एक्स तक लेवरेज मिलता है सो so मार्जिन आपको इतना मिलता है कि एक लाख का आप क्लास लाख है तो चार लाख तक का शेयर बाय सेल कर सकते हो इंटरडे में ट्वेंटी पहले मिलते थे बट आप आपको फोर एक्स से ज्यादा नहीं मिलते हैं अगर ये बेसिक नॉलेज बेसिक चीजें आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग जितने तरीके की भी ट्रेडिंग होती है वन बाय वन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कंप्लीट नॉलेज मैं प्रोवाइड करूं, जो आप एक लाख के कोर्स में भी नहीं सीख पाते हो वो, वो चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वॉचिंग यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब